दोस्तों नमस्कार फिल्म विजन स्टूडियो में दोस्तों आपका वेलकम है आपका स्वागत है दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल सब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल को प्रेस जरूर करें लाइक करें दोस्तों आज हम ऐसी रोचक किस्से बॉलीवुड के बारे में लेके आए हैं दोस्तों शायद आपने सुने भी हो या हो सकता है नहीं भी सुने हो दोस्तों ऐसे 20 किस्से लेके आए हम बहुत रोचक है दोस्तों ये आपकी नॉलेज बढ़ाने वाले हैं और आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों भारतीय सिनेमा अपने 100 साल का सफर पूरा कर चुका है और दोस्तों इस सफर में अच्छे दौर भी रहे और बुरे दौर भी रहे अच्छे दौर में दोस्तों शोले मुगले आजम मदर इंडिया थ्री इडियट और दोस्तों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने नए रिकॉर्ड बनाए दोस्तों तो दोस्तों बीस जो रोचक किस्से हैं सबसे पहले किस्सा है कि अमिताभ बच्चन जी 1990 तक एक ऐसे सुपरस्टार थे जो करोड़ों में फीस लेते थे या उससे भी ज्यादा लेते थे आसिफ एक ऐसे निर्माता निर्देशक रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दो ही फिल्में बनाई हैं उनकी पहली फिल्म 1945 में आई थी फूल और उसके 15 साल तक कोई भी फिल्म नहीं आ सकी उन्नीस में उनकी फिल्म आई मुगल आजम और दोस्तों उनकी तीसरी फिल्म थी लव एंड गोड जो कि पूरी नहीं हो सकी और बड़े दुख की बात है कि 48 वर्ष की अवस्था में उम्र में एक महान डायरेक्टर के आशिफ का निधन हो गया और दोस्तों ऋषि कपूर जी के साथ एक दो या तीन नहीं पूरी बीस बॉलीवुड हीरोइन ने अपने करियर की शुरुआत की और दोस्तों शाहरुख खान बॉलीवुड में किस्मत चमकाने से पहले दरियागंज में अपना रेस्तरा चलाते थे फिल्म अभिनेत्री रेखा जी किसी भी सार्वजनिक फंक्शन में जाती है वो डार्क रेड और चॉकलेटी कलर की लिपस्टिक लगाती है दोस्तों शोले फिल्म का डायलॉग जो गब्बर सिंह ने बोला था कि इतने आदमी थे दोस्तों वो चालीस बार रिटेक के बाद ओके हुआ था दोस्तों और एक तमिल फिल्म मंडोरू मंडूची में श्री देवी जी ने रजनीकांत की मां की भूमिका निभाई थी दोस्तों उस समय श्रीदेवी जी की उम्र मात्र तेरह वर्ष थी दोस्तों जितने महंगे कपड़े करीना कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में, में पहने हैं उतने किसी भी ने नहीं पहने नहीं बनवाए गए मधुर भंडारकर जी ने 130 सौ कॉस्ट्यूम कपूर जी के लिए बनवाए थे जिनकी कीमत दोस्तों डेढ़ करोड़ थी दोस्तों बॉलीवुड की सुपर हिटर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया के लिए आदित्य चोपड़ा जी ने सब आदित्य चोपड़ा जी ने शेफ अली खान के नाम पर विचार किया था और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे इसके लिए टॉम क्रूज़ का नाम पर भी विचार चल रहा था दोस्तों कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की फिल्म आज तक के एक ऐसा रिकॉर्ड है उनके नाम जो किसी भी फिल्म ने नहीं बनाया उसने बानवे अवार्ड जीते हैं जो आज तक किसी फिल्म ने नहीं जीते सौ करोड़ 200 करोड़ इस आंकड़े पर ले जाने वाले स्टार का नाम है आमिर खान जी हाँ दोस्तों आमिर खान की गजनी फिल्म ने सौ करोड़ की आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म थी और थ्री इडियट 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली वो भी पहली फिल्म थी दोस्तों दिल वाले दुल्हनिया के लिए जो गाना लिखा गया था मेरे ख्वाबों में जो दुआ ये आनंद पक्षी जी ने लिखा था और इसको 24 बार आदित्य चोपड़ा जी ने रिजेक्ट किया था और 25वीं बार इसको सेलेक्ट किया था दोस्तों दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी फिल्में बनती है दोस्तों उसका जो टोटल बिजनेस कलेक्शन होता है दोस्तों वो 25 प्रतिशत भारतीय फिल्मों से आता है और चोले के पीछे क्या है ये गाना लीला अरुण जी ने और अलका याग्निक जी ने गाया था दोस्तों फिल्मी इतिहास में पहली बार किसी दो फीमेल सिंगर्स को अवार्ड मिला था और दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म खरीदने के फिल्म टिकट खरीदने के बारे में दोस्तों भारतीय सबसे नंबर मन हर साल भारतीय दो अरब और सात करोड़ टिकट खरीदते हैं फिल्मों की यानी हमारे भारतीय इतने शौकीन होते हैं दोस्तों और दोस्तों एक बात और बता देते हैं कि जो हमारी बॉलीवुड की फिल्मों की टिकट होती है वो दुनिया में सबसे कम रेट की होती है दोस्तों अमिताभ बच्चन जी हमारे यंग एग्रीमैन सुपरस्टार सदी के महानायक समय के इतने पाबंद हैं इतने अनुशासित हैं कि फिल्मिस्तान स्टूडियो में वो वॉचमैन से भी पहले पहुंच पहुंचाया करते थे और गेट खोलकर अंदर चले जाते थे अनिल कपूर जी का परिवार जब मुंबई आया तो वो राज कपूर जी के गराज में रहते थे और कुछ साल वहां रहने के बाद वो एक साधारण बस्ती में किराए पर रहने चले गए थे और दोस्तों शोले का क्लाइमैक्स सीन जिसमें अमिताभ बच्चन जी मर जाते हैं उसमें असली बुलेट चलाई गई थी असली गोली चलाई गई थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी बाल बाल बच गए थे दोस्तों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गाना बॉलीवुड में सबसे लंबा गाना है दोस्तों यह 20 मिनट का गाना फिल्म में तीन किश्तों में दिखाया गया था और आमिर खान की ब्लॉक बस्तर फिल्म लगान चीन में जाने वाली पहली फिल्म थी दोस्तों और इसका प्रीमियर बीजिंग और शंघाई में रखा गया था दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें दोस्तों हम हर विषय पर हर नए विषय पर टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके करियर में भी योगदान होता है दोस्तों हमारा बस एक ही लक्ष्य है एक ही उद्देश्य है एक ही भाव है और हमारा एक ही दर्शन संकल्प है कि ज्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए जो युवा फिल्मों में कामयाब होना चाहते हैं जो कामयाब कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो दोस्तों कई बार रास्ता भटक जाते हैं उनको रास्ता दिखाना हमारा काम है दोस्तों और दोस्तों मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि हमारी हर वीडियो में कुछ न कुछ जो सीखने को मिलता है जो फिल्मों में कामयाब होना चाहते दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों कैसे लगी कमेंट जरूर करें और दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद